तेरी याद सताए तो हम खाटी जाएंगे तेरे सिवा शाह बता हम कहाँ जाएंगे बता हूँ कहा बाबा और तुझ पे भरोसा है जी एक दिन मेरा दिल ये कहता है हारा हूँ बाबा और तुझ पे भरोसा है जी एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे माँ जी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ बेटे को बाबा शाम गले लगा जाओ हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है सुना है तू दुखड़े मिटाता बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता बिन बोले भगतों की बिगड़ी बनाता मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है मिलता न किनारा है न कोई और सहारा है हारा हो बाबा पर तुझ पे भरोसा है जी एक दिन मेरा दिल ये कहता है हारा रहा बाबा पर तुझ पे भरोसा है जी एक दिन मेरा दिल ये कहता है तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा कैसे चलेगा समझ समझनाता कैसे चलेगा समझना आता तुम धीर बंधाते हो तो सांसें चलती हैं मुझे समझना आता है मेरी क्या गलती है हरा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है गीतूँ एक दिन मेरा दिल ये कहता है हरा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है गीतूँ एक दिन मेरा दिल ये कहता है परिवार मेरा तेरे गुण है गाता दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता उनको भी भरोसा है तूने पाला पोसा है उनको भी भरोसा है तूने पाला पोसा है हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है कि एक दिन मेरा दिल ये कहता है मेरे माँ जी बन जाओ मेरी नाव चला जाओ बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है